मेरी बुराई कोई और करे ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं अपनी बुराई गाइस वीडियो देखने से पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर लो और बाद में घंटी आएगा घंटी बजा लो ताकि वीडियो मिले सबसे पहले और वीडियो पे जाओ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो वरना डिसलाइक करो मेरी बुराई कोई और करे ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं अपनी बुराई खुद करता हूँ अरे जनाब जो कुत्ता भोगता है वो कभी काटता नहीं अरे जनाब जो कुत्ता भोगता है वो कभी काटता नहीं उसमें से एक मेरा दोस्त है आरे है है की बारी आती तो भागता है आज कल हर कोई मेरा बराबरी करना चाहता है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरा बराबरी करना है तो शेर लेके आओ इन कुत्तों से कभी होगा नहीं कि जब आंखें ही नहीं तो नजर मिलाने से क्या फायदा कि जब आंखें ही नहीं तो नजर मिलाने से क्या फायदा और जब तुम लोगों जैसे इंसानों के पास बोलने का तमीज ही नहीं तुम दुलाने से क्या फायदा इस पे मतलब भरी दुनिया में कोई किसी का सुनने वाला नहीं जनाब इस बे मतलब भरी दुनिया में कोई किसी का सुनने वाला नहीं जनाब